मध्य प्रदेश के छतरपुर में परेशान किसान ने अपनी भाषा में किसान की पीड़ा को बताते हुए किसान चालीसा का गायन किया किसान ने सारे अपने दुख दर्द चालीसा के अंदर समेट दिए किसान चालीसा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है कभी मौसम की मार तो कभी खाद बीज न मिलना देश का अन्नदाता हमेशा मुश्किलों में घिरा रहता है इन सब के बाद एक आस रहती है तो वो है सरकार लेकिन जब सरकार कोई मदद नहीं कर पाती तो अन्नदाता के हिस्से में आता है दुख और दर्द और उसी दुख दर्द को एक किसान ने अपनी बनाई हुई किसान चालीसा के जरिए बयां किया है दद्दा अब हुई ये कैसो उरदा रह गो हल्को सो जरा आप भी सुनिए किसान की पीड़ा उर्दा रे गौ है हल्को सो सोयाबीन हम बे नहीं पाए मेंगो बीज मैंग से लाए बोनी में सब धर गौ गानो फसलों को है नहीं टानो सारो अजी को काय धर दौ गानों ट्रैक्टर धरो धरो चिल्ला मेंगो डीजल कहा से आवे सरकार गर्रा महंगाई हर रोज बढ़ाव भजिया खावे को मन कर रहो मैंग तेल कुल के धर रहो फट फट कौ सोई तेल बड़ा गो दद्दा दो टेम घरे आ रो बनिया दें हैं बत्ती भारी के रो चुका जाओदारी सोनी के रो ग उठा ले न साव करा ले बैंक बार मैं होड़की की धमकी दे जा में बाल बच्चों के पड़ा मैं फीस पैसा कहा से ला मै दो बच्चा बीमार डरे हैं तीन दिना से घर ही परे हैं अस्पताल लो के जा रहे पेल सुन के पैसा आ रहे किसान रोज खुद खुशी है कर रहे बेचारे मजबूरी में मर रहे बैठे बैठ ने ताका कर रहे बे तो चल्ला में पानी भर रहे बहन धरी हैं दो दुबे आवे घर में नंग दानो खावे खेती बेचे सो नहीं बकरी जब तक बाबल हक नहीं हट रही सब किसान से बिनती हमारी महंगाई हो गई है भारी अब आ गई किसान की बारी हक लेने की करो तैयारी से हर कर मोदी जावे किसान की दशा समझ में आ गए हम किसान पे संकट भारी ऑपरचुनिटीज वर्ल्ड ऑफ इंस्पिशन ग्रुप एवरी दिजल्ट एंड डिलीवरिंग देश मैन पावर the best बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी द बेस्ट फॉर मिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन